नेक्स्ट फोर्स जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज दी न्यू एंट्रेंस सो न्यू एंट्रेंस मीन्स के हमें ये देखना है एक फॉर कि जिस इंडस्ट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पर नंबर ऑफ एंट्रेंस कितने हैं और न्यू uh, एंट्रेंस की आने की पॉसिबलिटीज़ क्या है होता यह है कि जब uh, हम uh, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या एक प्रॉफिटबल वेंचर इस्टार्ट करते हैं तो इनिशली हम बिकॉज ऑफ़ द यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट वी कैन एक्सपेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोफिटेबिलिटी बट जैसे ही वो प्रोडक्ट और uh, उसकी प्रॉफिटबिलिटी मार्केट के अंदर uh, दूसरे कॉम्पिटिटर्स को पता लगती है दे ऑलवेज ट्राई टू एंटर इन टू द मार्केट टू शेयर दैट प्रोफिटेबिलिटी सो होता यह है कि आप उनकी इस एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इफ़ देर आर एंट्री बेरियर सही so what are that entry barriers that can restrict the access of new entrants so point is that k if uh, uh, barriers are low or barriers are weak then competition is high kyunki entrants jo honge wo easily enter ho jayenge aur entrants jab ayenge to that will uh, put a pressure on the entity To reduce price, to uh, go to the advertisement war, and this type of competitive environment create will be created, and competition will increase. So problems will be there for the organization. But if the barriers are, uh, for example, strong, entry barriers are there, so less competition, so no no pressure on the organization. Now. ये जो बेरियर टू एंट्रीज होते हैं ये इंडस्ट्री में uh, किस तरीके से क्रिएट होते हैं सो दीज आर दंबर वन इकॉनमीज ऑफ स्केल मीन्स दैट ऑपरेशन हैं उनका साइज इतना वाइडर होना चाहिए कि आप इजीली जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल दैट इज द रिड्यूस्ड यूनिट कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट आपके रिड्यूस हो जाए अगर आप मैस प्रोडक्शन करते हैं तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है एंड यू आर इन अन टू सरवाइव सो अगर फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए इकोनॉमीज ऑफ स्किल की जरूरत है सो इकोनॉमीज ऑफ स्किल मैस प्रोडक्शन के अलावा अचीव नहीं हो सकती सो दैट पुट अ प्रेशर ऑन द न्यू एंट्रेंट टू अचीव दैट मार्केट शेयर विच विल जनरेट इकोनॉमीज ऑफ स्किल सो इफ इकोनॉमीज ऑफ स्किल लेना जरूरी है सो दैट वुड बी डिफिकल्ट इट विल एक्ट एज अ बेरियर टू एंट्री सेकेंड वन इज द प्रोडक्ट डिफरेंशन अगर आपका प्रोडक्ट एक जर्नलाइज प्रोडक्ट है सो so, उसे कॉपी करना इजी होता है बट लेकिन अगर अगर आपका प्रोडक्ट एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है एक यूनिक प्रोडक्ट है एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कॉपी करना डिफ़िकल्ट है और उसके पीछे पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं या प्रोटेक्शन है तो अल्टीमेटली न्यू एंट्रेड उसको इजीली कॉपी नहीं कर सकता एंटर नहीं हो सकता इट विल क्रिएट अ एंट्री बेरियर सो प्रोडक्ट डिफ्रेंसी विल करिएट एन एंट्री बेरियर सिमिलरली If uh, huge capital requirement is there in order to uh, enter into the industry or to initiate a product launch, so that will uh, create a barrier as एज हर ऑर्गेनाइजेशन के पास कैपिटल रिक्वायरमेंट इजिली अवेलेबल नहीं होती तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होंगी तो एंटर होंगी हर ऑर्गेनाइजेशन एंटर, एंटर नहीं होगी the switching cost. अगर आपका customer आपका product इस्तेमाल कर रहा है और वो उस product के साथ uh, attached है और अगर वो उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करता है तो उसको एक स्विचिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी सो दट स्विचिंग कॉस्ट विल पुट द प्रेशर ऑन द कंज्यूमर टू स्टे विद द बिजनेस। इफ स्विचिंग कॉस्ट इज़ लो और स्विचिंग कॉस्ट द कंपटीशन वुड बी हाई और द एंट्रेंस वुड बी वेरी मच इन द बिजनेस एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जब एक नया बिजनेस किसी मार्केट uh, uh, के अंदर एंटर होता है तो उसको अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक्वायर करने पड़ते हैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक्वायर करना डिफिकल्ट है और सचुरेशन uh, है नो मोर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर अवेलेबल तो देट वुड पुट अ प्रेशर ऑन द एंटिटी कि आप इस नई मार्केट में एंटर नहीं हो सकते क्योंकि आपको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए नया चैनल चाहिए और चैनल्स ऑलरेडी ऑकोपाइड हैं या फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपको प्रेमिस चाहिए प्रेमसिस आर नॉट अवेलेबल सो यू कैन नॉट एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री सो ये आपके लिए एक बेरियर क्रिएट कर लेगा सिमिलरली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स और एक्सेस टू द रिसोज इट माइट भी लाइक कि आपको ह्यूमन uh, रिसोर्स uh, चाहिए ह्यूमन रिसोर्स इजिली अवेलेबल नहीं है आपको जो है वो है वो रिक्वायरमेंट इजीली अवेलेबल नहीं तो विल क्रिएट एंड सिमिलरली फ्रॉम प्लेयर इफ न्यू अगर मैं इस इंडस्ट्री uh, में एंटर होता हूं और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की तरफ से रिटेलियशन आती है सो so, उस रिटेलियेशन को वो अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी तो वो रिटेलिएशन को अफोर्ड कर सकती हैं रिटेलीशन के अगेंस्ट वो वो भी अपनी पॉलिसीज चेंज कर सकती हैं लेकिन अगर एक छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी तो वो रिटेलिएशन का सामना नहीं कर सकती इसलिए वो uh, कोशिश करेगी कि इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर ना हुआ जाए तो इन शॉर्ट इफ देर आर मोर एंट्रेंस दैन देर वुड बी मोर कॉम्पिटिशन देट विल पुट अ प्रेशर ऑन आर स्ट्रेटीज और अगर वेरियर टू एंट्रीज होंगी तो एंट्रेंस के लिए डिफिकल्टी होगी और अगर बेरियर टू एंट्री नहीं है तो उनके लिए मार्केट में एंटर होना इजी होगा और मार्केट शेयर जो है वो आ, आ, आपका लूज हो सकता है मार्केट शेयर आपका डिस्टर्ब हो सकता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है नेक्स्ट फोर्सेस इज दब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसके मुकाबले में जो ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हैं आर द प्रोडक्ट्स act as a substitute products if yes if uh, substitutes are available and if there are close substitutes available then the uh, the force is very strong aur uh, ye phir ek competitive environment create karegi competition uh, zyada badhega kyunki agar for example hum prices increase karte hain to log substitute product ki taraf jump karenge agar hamari क्वालिटी ख़राब होती है डिटेरेट होती है तो लोग सब्सिट्यूट प्रोडक्ट की तरफ जम करेंगे सो so ये हम पर एक प्रेशर होगा कि हम अपनी प्राइसिंग इंक्रीज नहीं कर सकते हम अपनी क्वालिटी नहीं गिरा सकते हमें अपने कंज्यूमर को रिटेन करने के लिए कि वो सब्सटिट्यूट प्रोडक्ट की तरफ ना जाए प्राइसिंग पर फोकस करना पड़ेगा क्वालिटी पर फोकस करना पड़ेगा अब ये सब्सटिट्यूट्स यूजली टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ईजिली करिएट्स हो जाते ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नाव देर आर मोर एंड मोर सब्सटी अवेलेबल एज ए रिजल्ट क्योंकि टेक्नोलॉजी में एडवासमेंट आती जा रही है तो substitute products are available easily. And at अवेलेबल इजीली एंड पॉइंट ये सब्सटीटूट ज्यादा अवेलेबल हैं तो कॉम्पिटिशन भी ज्यादा है और उसमें सर्वाइव करने के लिए आपको अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है ठीक है और अगर बहुत क्लोज सब्सटीट्यूट है like for example Pepsi and Coke. तो अगर बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो उस केस के अंदर आपकी जो भी स्ट्रेटेजीज होंगी जो भी प्रोडक्ट्स होंगी जो भी प्रोसेसेस होंगे वो बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए अदरवाइज स्टूडेंट विल नॉट अदरवाइज सॉरी कंज्यूमर विल नॉट वेट फॉर दी प्रोडक्ट और वो बिल्कुल इजीली जो है वो कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट पर जम करेगा और उसको ईजीली इस्तेमाल कर सकता है